स्वागत है आप सभी के हम चैनल टेक्निकल वाले मैसेज में, में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के बारे में मेज़रमेंट जो एक प्रकार का प्रोसेस है जो हम किसी अन नॉन वर्क पीस का डायमेंशन साइज को मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजिंग इंस्ट्रूमेंट द टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द साइज ऑफ एनी कॉम्पेंट इन टर्म्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट मेजरमेंट कहने का मतलब है जब हम किसी वर्क पीस का मेजरमेंट जो है जो हमें पहले से पता नहीं है उसे हम मेज़र करने के लिए किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सहायता लेते हैं तो उसका एक यूनिट होता है चाहे लेंथ मेजरमेंट भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं लीनियर मेजरमेंट जैसे आपने सुना होगा मिली मीटर सेंटीमीटर ये सब इसके यूनिट हो गए और भी प्रकार के मेजरमेंट टाइप्स पाए जाते हैं जैसे अभी मेरे पास ये स्टील रूल देख पा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर के और नीचे इंच के ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ये एक प्रकार का लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम किसी वर्क पीस का लेंथ हाइट और थिकनेस ये तीन प्रकार के मेज़रमेंट हम ले सकते हैं अपने एक साथ हैं मेज़रमेंट कितने प्रकार के होते हैं तो मेजरमेंट हमारे चार प्रकार के होते हैं सबसे पहला है नीलियन मेजरमेंट दूसरा है एंगुलर मेजरमेंट तीसरा है रेडियल मेजरमेंट और चौथा है सरफेस मेजरमेंट मेजरमेंट इन स्टेट लाइन ऐसा मेजरमेंट हम जिसे हम स्टेट लाइन में मेजरमेंट करते हैं उसे हम लीनियन मेजरमेंट कहते हैं जैसे इस लीनियर मेजरमेंट को मेज़र करने का सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो है जो इंस्ट्रोमेंट यूज होता है वो आपका स्टील रूल जो सेंटीमीटर मिलीमीटर मीटर और इंच का एक स्टेनलेस स्टील रूल है जो एक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रोमेंट है भानर कैलिपर माइक्रोमीटर ये सारे के सारे लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रोमेंट में आते हैं लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रोमेंट इसलिए आ गया क्योंकि हम लोग जो इसका मेज़र करिए जैसे मान लीजिए इसे वर्क का मेजरमेंट हमें करना है इस वर्क पीस का मेजरमेंट करें एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक हम मेजर करेंगे कि इसका लेंथ कितना है इसका चौड़ाई मेजर करना है तो टॉप से लेकर बॉटम तक यहां से लेकर यहां तक सर्कस मीन्स एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो मेजर करेंगे हम वही हमारा जो स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट रहेगा इसे हम कहते हैं लीनियर मेजरमेंट एंगुलर मेजरमेंट द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल क्रिएटेड बाई टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगुलर मेजरमेंट ऐसा मेजरमेंट जिसमें हम किसी वर्क पीस का एंगल जो दो मिलने से बनता है उस मेज़रमेंट को हम चेक करते हैं तो उसे हम कहते हैं एंगुलर मेजरमेंट लीजिए ये वर्क पीस है इसमें एक पॉइंट और एक पॉइंट दोनों आपस से मिले हैं तो एक एंगल बना है डिग्री डिग्री में है कितना डिग्री है ये इसको हम लोग मेज़र करने के लिए प्रोटेक्टर फॉर एग्जांपल एंगल मेजरमेंट का हमारा प्रोटेक्टर चांदा जैसे कहते हैं इसमें डिग्री बने होते हैं ट्राई भी कह सकते हो ये जो ट्राई स्क्वायर है इस वर्कपीस का मान लीजिए ये वर्कपीस हमारा प्रॉपर 90 डिग्री एंगल में है कि नहीं इसको चेकिंग करने के, के लिए हम क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रायल्स पर 90 डिग्री का बना हुआ है प्रॉपर ओके तो एक प्रकार का एंगुलर मेजरमेंट में हमारा आता है रेडियल मेजरमेंट इट इंक्लूज मेजरमेंट ऑफ राउंड सेप स्पेरिकल सेमी स्पेरिकल जॉब ओके ऐसे मेज़रमेंट जिसमें हम किसी वर्कपीस का आर्क राउंड मेज़रमेंट या सेमी सर्किल मेज़र कर सकते हैं जैसे प्रकार का मेज़रमेंट को फाइनआउट करने के लिए वो रेडियस गेज है हम किसी वर्कपीस में जो रेडियस बना जैसे ये वर्कपीस है इस वर्कपीस में हमारा कोई रेडियस बना हुआ है तो हम इस प्रकार का चेकिंग करते हैं हम लोग तो रेडियल मेजरमेंट यह हो गया मींस किसी वर्कपीस में कोई आग बना हुआ है या राउंड शेप का है जैसे सरफेस मेजरमेंट ऐसा मेजरमेंट जिसमें हम किसी वर्कपीस का सरफेस मेजरमेंट करते हो वर्क पीस का सर्फेस कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस है इसका जो ऊपर का सरफेस है ये कैसा है हमारा इसमें कुछ बराबर तो पैरलिज्म है कि नहीं सबसे कॉमन टूल जो है वो डाइल्ट सिंडिकेटर है ये डायल टेस्ट इंडिकेटर सरफेस जो है ये कैसा है ऊंचा है कि नीचा है बराबर पैरल है कि नहीं तो सरफेस मेजरमेंट के लिए हम लोग ये डायल टेस्ट इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट हम लोग प्रयोग करते हैं तो आज हमने बीम पर करके मेजरमेंट का प्रोसेस देखा मेज़रमेंट क्या है मेजरमेंट किस किस के द्वारा किया जाता है तो okay. टॉपिक आपको समझ में आया होगा और वीडियो कैसा लो कॉमेंट जरूर बताइएगा